इस टूल में आपको मिलते हैं अट्रा ऐसे ही फीचर्स आसानी से जो आपके वॉलेट में आ जाने वाला है गैजेट सुपर लाइट वेटेड है और इतना ही नहीं है कार्ड फ्लाइट में ट्रैवल करने वालों के लिए टीएसए अप्रूव्ड भी होता है तो गैस अब आ जाते हैं इसके प्राइस टैग पर तो यह मल्टीटूल एमेजोन पर के है, जिसे आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन की लिंक ऐसी परचेज कर सकते हो मीसा दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में टेक्नोलॉजी ने हर काम को करने के लिए इंसानो को मशीन आरोप डिपेंडेंट कर दिया है जैसे ही रोबोट्स की लिस्ट में शामिल है मीसा का नाम ये एक ऐसा रोबोट है जो आपके घर में आपको एंटरटेन मदद कर करेगा जी हाँ मीसा एक अच्छे पार्टनर से लेकर तक सारे रोल्स में फिट रहने वाला रोबोट है इतना ही नहीं मीसाइक प्रोडक्टिव गार्ड की तरह घर को सीफ रखने में भी आपकी काफी मदद करता है यानी की मीसा मॉनिटरिंग करने में भी आगे है फोटोजीडियोज अलार्म और वेदर अपडेट्स देने के अलावा क्यों वाइस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 अपने खुद के विजन सिस्टम के हिसाब से उड़ता है और वन की रिटर्न फीचर होने के कारण वापस कंट्रोल सिग्नल कैच भी इजीली कर लेता है छोटे से रिमोट के साथ आने वाला इट मोटरसाइकिल टेक ऑफ और लैंडिंग के साथ ही साथ इमरजेंसी स्टॉप भी कर सकते हैं और आपको इसमें तीन लेवल स्पीड्स देखने को मिलते हैं जो की है लो मीडियम और हाई आप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 तो अब सामान उठाना हुआ आसान क्योंकि हमारे पास आ गया है हैंड वो भी सिर्फ रुपीस में आप इसे अमेजोन से खरीद सकते हैं सत्रह सौ रुपए में अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो उसकी परचेस लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पप स्कैन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 तो अब आप कहीं भी किसी भी वक्त पे न ही अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर सकते हैं इजी टू यूज ए गैजेट कुछ स्टेप्स में काम करता है जो की है pick, press, जहां आपको आगे पेजेस लेजर लाइट के अंदर प्लेस करने होंगे और प्रेस बटन को दबाना होगा पप दैट्स इट आपका डॉक्यूमेंट स्कैन हो जाएगा है ना दोस्तों बेहद आसानी गैजेट इसके अलावा आप इसे पिंटरेस्ट फेसबुक इंस्टाग्राम के इमेज को स्कैन करने में भी यूज कर सकते हैं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 कुछ इस तरह से तो अगर आपको एक पॉकेट प्रिंटर पसंद आ चुका है तो आप इसे अमेजोन से डिस्क्रिप्शन के लिंक से परचेज कर सकते हैं लेकिन गाइस उसके प्राइस आपको थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलेगी